तुल्ह दुल के मिलन मायो सबको मंगल मंगल गवु मंगल गु मंगल गु दुल दुल मिलन मायो सब मंगल का नजर सुना जिल के मिलन मायो सब मंगल ग्रूस मिलन हजल अंगना गई हिका गई इनका देखियो मेला गई सपन मंगल देखे कह मिलन मो मंडल गुण कह मिल नंडलगा जुड़ल इेम लगनगर बस्ती तक प्रेम लगन आद दुल्हा दुल्हा दुल्हावन जनकपुर so, में सीता जनक नंदनी दुल परिक्रमा चारू पर घूमी दुल्हा सरकार के, दुल के, के हेलो एक सूचना अपना अपना स्थान पर बैठ के अपने, अपने, अपने, अपने, अपने अप